वार के अधिपति देव और ग्रहों के राजा भगवान भास्कर को प्रणाम करते हुए मैं आशीष पांडे आप सभी के समक्ष दिनांक 16 फरवरी दिन रविवार का दैनिक राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ दर्शकों प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है यदि आपको आपकी वास्तविक राशि नहीं पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ बर्थ का समय और बर्थ का स्थान अर्थात जिस समय आपका जन्म हुआ है जिस जगह पर हुआ है और जिस दिनांक या सन में हुआ है आप लोग कमेंट कीजिए निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को आपकी वास्तविक राशि से अवगत कराएं आज का पंचांग क्या कहता है दर्शकों ये पंचांग पाँच अंगों से मिलकर के बना है और लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है नक्षत्र चौवन मिनट पर उत्तरायण चल रहा है और आज जो तिथि रहेगी ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी अष्टमी तिथि दर्शकों देखिये तीन बजकर चौदह मिनट तक की रहेगी और नौमी तिथि तीन बजकर चौदह मिनट के बाद लग जाएगी दर्शकों के बारे में ब्रह्मा पुराण में, में, में ब्रह्मा पुराण साथ साथ लौकी, लौकी का सेवन बिल्कुल भी वर्गित होता है नवमी तिथि को तो आप लोग इसको एवॉड करिएगा नक्षत्र की बात करें तो शनि का नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र आज रहेगा करण रहेगा कौला और तैतिल वही ध्रुव और योग रहेगा इसके साथ साथ चलते हैं शुभ समय पर क्योंकि अशुभ समय से हम शुरुआत यहां पर नहीं कर रहे हैं शुभ समय पर आते हैं अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा आज सुबह ग्यारह बजकर अट्ठावन मिनट से बारह बजकर बयालीस मिनट तक की वही अशुभ समय पर आते हैं राहु काल। शाम को चार बजकर इकतीस मिनट से पांच बजकर चौवन मिनट का जो समय रहेगा ये राहुकाल का रहेगा चंद्रदेव मन और मस्तिष्क के कारक ग्रह ये अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में चलायमान रहेंगे और सूर्यदेव कुंभ राशि में चलायमान है साथ ही साथ दर्शकों ईशाशुल की बात करें तो रविवार दिन रहेगा पश्चिम दिशा की ओर वेस्ट डायरेक्शन की ओर दिशा सूल रहेगा पश्चिम दिशा की ओर आज यात्रा करने से आप लोग बचिएगा लेकिन यदि किन्हीं कारणों आपको यात्रा करनी पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा कि आज, आज आप लोग पान का सेवन कर सकते हैं घी खा सकते हैं गुड़ खा सकते हैं और पहले पूर्व दिशा की ओर आप लोग चार पक चलिएगा उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर आप लोग यात्रा करिएगा दर्शकों बढ़ते हैं हम अपने राशि पर मेज से लेकर के मीन राशि के जातकों का क्या रहेगा हाल लेकिन आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आज रविवार दिन है और रविवार में रात्रि 10 से 11 बजे के मध्य मैं स्वयं लाइव होऊंगा आपके प्रश्नों को अपने कार्यक्रम में जो है लेना है आपकी कुंडली का अध्ययन करना है जो भी लोग परेशान है वास्तविक रूप से जो लोग परेशान हैं वो आज रात्रि दस से ग्यारह बजे तक की इसी YouTube के चैनल एस्ट्रोबी दासिज पर हमसे लाइव आप लोग जुड़िए और अगर आपको जो है ध्यान ना रहे तो आप लोग सब्सक्राइब वाला बटन दबा के बगल में जो बेल घंटी बनी है इसको आप लोग दबा दीजिए ताकि जैसे हम लाइव होने जाएं, आपके नोटिफिकेशन आइकन में इस चैनल का नोटिफिकेशन पहुँच जाए मेष राशि के जातकों आज आप छोटी छोटी बातों में खुशी तलाशने की कोशिश करेंगे और आज आपका मन बहुत शांत रहेगा आज आप नई चीज़ों पर विचार कर पाएंगे जमीन जायजाद से जुड़ा कोई मामला आज आपके पक्ष में रहेगा जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन काफ़ी सौगात लेकर के आया है परीक्षा में उनकी निश्चित ही सफलता रहेगी साथ ही साथ आज लोगों के बीच आपकी एक अलग ही छवि बनेगी आज, आज आप दूसरों के सामने अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज भगवान भास्कर अर्थात सूर्यदेव की सुबह उठ कि आपको आरती करनी है और कपूर से आरती करनी रहेगी छोटा सा कार्य करिएगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक तीन बढ़ते हम अपनी अगली राशि वृषभ राशि पर तो वृषभ राशि के जात को आज कोई ऐसा पल आएगा जब आपको अपने ऊपर प्राउड होगा साथ ही साथ दूसरे लोग आज आपके कामकाज की तारीफ बहुत जो है करेंगे ऑफिस में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज, आज आपको कंधों पर मिल सकती है और उसको आप बाखूबी निभाएंगे आज आपको अपने जीवन साथी से जुड़ी हुई कोई गुड न्यूज मिल सकती है और खास करके जो लोग वकालत पैसे से जुड़े हुए हैं इनके हाथ में कोई बहुत अच्छे अच्छे केसेस आ सकते हैं आज आपके काम की गति तीव्र होगी आज आपके जीवन में भाग्य का साथ बना रहेगा आपको ज्ञान और अच्छे विचारों की प्राप्ति होगी उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग गुण का दान धर्म स्थान पर करिए साथ ही साथ आज आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आपके लिए करना श्रेष्ठ कर रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पिंक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक चार हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है मिथुन राशि मिथुन राशि के जातकों आज रोजमर्रा के कामों में आपको थोड़ी रुकावटें आ सकती है किसी पारिवारिक मसले को लेकर के आज, आज आप लोग असहमत हो सकते हैं खास करके जो लोग साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट हैं उनको आज शिक्षा की तरफ से विशेष मार्गदर्शन मिलेगा सेहत ठीक रखने के लिए आज आप लोग जो करिए आपको, साथ साथ आपको प्राप्त होगा किसी खास व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगी प्रॉपर्टी खरीदने में चली आ रही दिक्कतें दूर होंगी उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज आप लोग धर्म स्थान पर नारियल का धान दीजिए साथ ही साथ आज सूर्य देव के समक्ष बैठ करके गायत्री मंत्र का ए, की ऋचा जो है इसको 108 बार पढ़िए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक एक कर्क राशि की ओर बढ़ते हैं कर्क राशि के जात आज कार्य में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है कोई बहुत बड़ी डील या किसी से पार्टनरशिप यदि करना चाह रहे हैं तो अच्छे से सोच समझ करके ही आगे बढ़िएगा परिवार वालों के साथ इसी बात को लेकर के मनमुटाव होने की संभावनाएं बनी है सोच समझ करके बोलिएगा क्योंकि इसी से आपके घर का माहौल खुशनुमा रहेगा जो लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और उनका कोई एग्जाम है तो निश्चित रूप से आज आपको सफलता प्राप्त होगी आज आपको अपनी मेहनत का शुभ फल जरूर मिलेगा आज के दिन करना क्या रहेगा तो सूर्य देव को भगवान भास्कर को अर्घ दीजिए लाल पुष्प डाल के निश्चित रूप से आप लोग कामयाब होंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छ सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं सिंह राशि के जातकों आज आपकी धन संबंधी परेशानियों का फिलहाल सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आ रहा है आज आपका कोई दोस्त आपकी परेशानियों को सुलझाने में मदद करेगा घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा परिवार वालों के साथ दर्शन के लिए आज आप लोग किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं किसी काम के प्रति आज आपकी कोशिशें सफल होंगी सेहत के मामले में भी आज सब कुछ बेहतर बना रहेगा आर्ट्स स्टूडेंट जो लोग कला के क्षेत्र से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया दिन रहने वाला है बेहतर परिणाम हासिल होंगे कुल मिलाकर के आज, आज आपका दिन शानदार रहेगा लाभ के तमाम अवसर मिलेंगे यात्राओं का योग बन रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में आज आप लोग नमक का सेवन मत करिएगा साथ ही साथ आज आप लोग आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भगवान भास्कर के उपस्थिति में बैठ करके जरूर करें शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक तीन पुनः दर्शकों कन्या राशि पर आगे बढ़े उससे पहले बताना चाहेंगे कि रविवार दिन है रात्रि 10 से 11 बजे आप लोग हमसे जुड़ना ना भूलिए साथ ही साथ जो भी दर्शक मुंबई से है तो आप लोगों के लिए एक सौगात है कि अट्ठाईस और उन्तीस तारीख को हम आपसे मुंबई में मिल रहे हैं मुंबई आगमन हो रहा है आप लोग अभी से अपनी सीटें देखिए बुक करा लीजिए एक महीने से अधिक का समय है लेकिन जो है तमाम लोगों ने बुक करा ली है और जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे डेज इनक्रीज करेंगे और पर्टिकुलर आप लोगों को देखिए समय भी देंगे तो कन्या राशि की ओर चलते हैं कन्या राशि के जात को आज आपका दिन उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रहने वाला है आज आपको भरपूर यश और सम्मान की प्राप्ति होगी आपको हर तरह के भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही आज आपको अपने जीवन साथी से गिफ्ट में कोई जो है उपयोगी वस्तुएं मिल सकती हैं साथ ही साथ बिजनेस को आज दूसरे शहर के बारे में जो है जैसे बिजनेस का प्रचार प्रसार होता है तो उसको फैलाने के बारे में आप लोग सोचेंगे आज आपको किसी काम में अपने माता पिता या पिता समान लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा जिससे आपका कार्य जल्दी पूरा होगा जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग है से रिलेटेड हैं उनको कार्य में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी और आज आपके आत्मविश्वास में भी देखिए बढ़ोतरी होगी पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत आज आपकी हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज के दिन आप लोग गाय को गुड़ जरूर खिलाइएगा साथ ही साथ आज आप लोग नमक जरूर अवॉइड करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक साथ अगली राशि पर बढ़ते हैं हमारी अगली राशि आती है लिब्राह जी हाँ तुला राशि तुला राशि के जात को आज आप मित्रों के साथ आसपास किसी ट्रिप पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं क्योंकि संडे दिन रहेगा तो छुट्टी पर घूमने जा सकते हैं बिना किसी पहचान के आज हर किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करने से आपको बचना चाहिए जो लोग उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की सोच रहे हैं उनको उचित सफलता प्राप्त होगी जिन लोगों का कपड़ों का व्यापार है उन्हें आज अच्छा मुनाफा होगा लेकिन परेशानियों तो अच्छा साथ साथ का हल निकलेगा वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाइएगा अन्यथा आज आपका चलान इत्यादि हो सकता है उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो सूर्य अष्ट का आज आपको पाठ करना रहेगा साथ ही साथ गुड़ का दान आप लोगों को धर्म स्थान पर करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक सात अगली राशि पर बढ़ते हमारी अगली राशि आती है आती है वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो जी यहाँ नीच के चंद्रमा आज आपके करियर में देखिए तरक्की के रास्ते तो खोलेंगे लेकिन थोड़ा सा मानसिक रूप से आज आपको परेशानी करेंगे आज आपके दांपत्य संबंधों में भी कुछ कटुता आ सकती है जीवन साथी के साथ बात विवाद हो सकता है आज माता पिता से ली गई सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी आज आपको अपने काम में सफलता मिलेगी घर के किसी काम से की गई यात्राएं फायदेमंद रहेगी आज आपको आ, क्या कहते हैं कोई अगर आपका सामान पूर्व में खो चुका है तो वो प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ है धार्मिक आयोजन की रूपरेखा निर्मित होगी आज आपके संबंध बेहतर होंगे कोई केस यदि आपका चल रहा है तो आपके पक्ष में आ सकता है उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग गायत्री मंत्र का तो जो है पाठ करिए ही करिए साथ ही साथ आज आप लोग यदि किसी विशेष कार्य से कहीं निकल रहे हैं तो थोड़ा सा गुड़ खा करके जाइएगा निश्चित रूप से आपके कार्य सिद्ध होंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक नौ धनुराशि की ओर आगे बढ़ते हैं हमारी अगली राशि आती है तो धनुराशि के जात को आज समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी सेहत संबंधी किसी पुरानी समस्या से आज आपको छुटकारा मिलेगा आज आप किसी सामाजिक संस्था से जुड़ने का मन बना सकते हैं आज आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में कुछ अच्छे लोगों के नाम जुड़ेंगे ऑफिस में जूनियर्स आपसे काम करने का तरीका सीखेंगे हर कोई आज आपके काम से प्रभावित होगा जो लोग मार्केटिंग और सेल्स की फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको आज अच्छे क्लाइंट प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज आपको किसी दूर के रिश्तेदार से जो है मुलाकात संभव है साथ ही साथ आपकी धन संपत्ति में भी आज बढ़ोतरी के संकेत सितारे दे रहे हैं बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ थोड़ी सी बहुत चिंता आपको रहेगी लेकिन उपाय कर लीजिएगा नारायण कवच का आज आप लोग पाठ करिए साथ ही साथ मंदिर में गुड़ का दान करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज पिंक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक तीन मकर राशि के जातकों आज आपको परिवार वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा जिससे आपके रिश्तों में नवीनता आएगी आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी अगर आप कुछ दिनों से अपनी पेट संबंधी समस्या से परेशान हैं तो निश्चित रूप से आज उससे आपको राहत प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है और बेहतर महसूस करेंगे शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज तरक्की के नए अवसर मिलेंगे साथ ही साथ परिवार वालों के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने मूवी देखने शॉपिंग करने आज आप लोग जा सकते हैं किसी धार्मिक आयोजन का भी आप लोग लो हिस्सा बन सकते हैं उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय का आप लोग पाठ करिए साथ ही साथ आज भगवान भास्कर को आप लोगों को जल में थोड़ा सा शहद डाल करके अर्घ देना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक चार कुंभ राशि की ओर बढ़ते हैं सेकंड लास्ट हमारी राशि है लेकिन दर्शकों फटाफट आप लोग लाइक कीजिए बगल में बना सब्सक्राइब बटन दबाइए संडे रात्रि दस से ग्यारह बजे तक हम लाइव होते हैं आप लोग हमसे जुड़ करके अपनी कुंडली का विश्लेषण उस समय करवा सकते हैं कुंभ राशि के जातकों आज आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा आज आपको अचानक से कुछ ऐसा हासिल होगा जिसकी आपको बहुत दिनों से तलाशती आज आप पूरे दिन नई ऊर्जा से भरे रहेंगे बिजनेस के किसी काम में कुछ जानकार लोगों से आपकी मदद जो है मिलती हुई दिखाई पड़ रही है जिन लोगों की कॉस्मेटिक चीज़ों से रिलेटेड शॉप है कपड़ों से रिलेटेड शॉप है या लिक्विड चीज़ों से संबंधित बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है बिक्री में बढ़ोतरी होगी वैवाहिक जीवन में आज आपकी खुशियाँ दुगनी होगी आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज तांबे के बर्तन का दान साठ साल से किसी कम आपको युवक को करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक दो अंतिम अंतिम राशि राशि पर बढ़ते हैं हमारी अंतिम आती है मीन मीन के के सलाहकार से भी आज, आज आपको मदद मिलेगी आज आप लोग कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी तारीफ करेंगे साथ ही साथ स्वास्थ्य पर आज आपको ध्यान देने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज समाज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा आज आपके साथ ठीक होगा उच्चाधिकारियों के साथ संबंध बेहतर रहेंगे साथ ही साथ यात्राओं के समय अपने सामान की आज आपको सुरक्षा करनी रहेगी अपने पति के स्वास्थ्य को लेकर के आज आप लोग कुछ चिंतित हो सकते हैं उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो स्नान करने वाले जल में दो चुटकी आपको कुमकुम -कुम डालना रहेगा और साथ ही साथ आज आप अपने हाथ में मौली जरूर एक बांध दीजिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक आठ तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए दीजिए इजाजत और मुंबई में 28 और 29 तारीख को हमसे मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार